हर चीज में गाने में खेला में देखिए टीवी पे खेल बैठे आरती बेचाड़ा दंगल में आ जा भाई और अरे भाई कड़ी नहीं टक्की बुला फेर आ जा सौदे को ले तो आज दे पॉइंट तो जीत गया और हर चीज में अपना विधायक जी चार साल पहले हाथ जोड़े हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता बुरी बुरी तोपा का मुंह लागेगा देखियो तुम बुरी बुढ़ी तो, बड़ी बड़ी तो, बड़ी बड़ी तो यो देश इस बल हो रहा है जो किसा का पुरानी हली बांटे में आ जा उन पाड़ जब बनाओ दे कड़ी दे सारे मत गले पाओ मसला डर डॉ खड़ा नाश हो रहा है पेरा पट है का तीसरे दिन बेरा पटे पटे कर देखिए आदमी ने घमंडल नहीं करना चाहिए चाहे कोई नेता हो अभिनेता हो पहलवान हो गाउंडिया हो किसी भी फील्ड में बड़े बड़े आकर देखे न्यो थे भीम हाथियां के सोन पकड़ पकड़ बगाव था अर्जुन ने पत्ते बीन दिए न्यो कर दिया जब कि बहु नंगी नचा दी वकत का निबेरा पाटता काल जिसके हाथ में बेमाता छड़का करे इंद्र बारिश करे काल उसके हाथ में बांदरा नीरा होगी और घड़ी दूर जान की जरूरत है देखो ने जिसके एक के सारे तेन दस लाख आदमी खड़े हो जाए उनकी आज सोनारिया जेल में जमाने इतना होती जो बक्त ना है वो ना हो आदमी से बख्त का नहीं बेरा भाई आदमी ना अच्छे काम करने चाहिए अच्छे काम करेगा तो उसका फल मिलेगा चाहे लेट वेस्ट में जाइय क्या कहा एक बात में दादा ऐ मानवी शुभ कर्म करम करे वन कर्म करे कल मिल गया अरे आज नहीं तो कल मिल गया है कोई पाथरी कर इतने कर्म नहीं होगा ताइन मार लियो मिलनेगा और मिलना होगा जब लाख में तो ट्रक मिल जाएगा क्या कहा ne देखिए कर्म का फल हमारे देश में हमारे समाज में रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ इस धरती पर उस जितना पढ़ा लिखा गुणी विद्वान आदमी और सबसे ऊंची जाति का था और सारा देश पुतला फूक गए हैं ना फूकते हो तो बता दो और ऋषि बाल्मीक सबसे छोटी जाति का था सौ साल पहले रामायण लिख दी। के पूजा गया जाति पूजी गई लोग कर्म पूजा गया किसने के कर्म कर रखा है जैसे ये विधायक जी करे थे इलेक्शन होगा जब कर्म आज्ञा लेंगे कौन से रखा है कहते यू सोचो भाई निरी दारू बन जागा ना उसके न्याय है अंधेर नहीं है देर बेच सके क्या कहा कर्म से राजा कर्म से गति कर्म से गाड़ी हल में ले जा ब्यो तो जा अर को भूखा रे रेख देख देख जांगे। खाम, खाम एक पेटोड़े में गोशे का कर बीज रे बटोड़ा पाट दिया फलाना रे दखड़ा रेने बाबा जी खाकर दौड़े गो थोड़े इसका नहीं तरह भाई बोला थारा पटोड़ा है बोला ना भाई काड़ ले काड़ ले मेरे खाम खाए का उतर जले खाम खांगा भी सोता हो है एक आदमी 24 मंजिल के ऊपर छ हेलीकॉप्टर उतरते हुए। इस देश हुई इसमें ओ पी सकारो खड़ी आई थी रोज अखबार में मेरे ख्याल में छह महीने लगाऊंगे हरेक आदमी की बेचारे धरती है वह झूपड़ी ना गलती फुटपाथ पर रो है रात ने चौकीदार मारा गए ना कोने तो यो सब कर्म का लेखा है क्या कहा कर्म से बुद्धि बोल जा आले, आले। हो गया यासी बसी के बाद में चले थे ये माइक शायद बियासी के बाद में पहला कहा अगर ध्यान पाट्यारो गांव है कि तरले गांव है अरिब तो सिस्टम दूसरा हो गया भाई ना तक कथा याद करनी ना ध्वनि याद करनी ना साजन दे राखने इस मोबाइल से एक बटन दाप दे बस। आप खड़ा खड़ा नौकरी ऐसे सौदे चल जाएंगे आगे और मारे तो यो काम हो कोई हम तो कह रखाएंगे घी तक कह मरा जी आखिरी किले में आप पढ़ते हो गए भाई फलानी जगह छोरी सौ में सौ नंबर लिया नहीं होने ते वै वै कोई लोगो उस पढ़ाई के प्रति समर्पित होना पड़ता है कती त्याग करना पड़े सब क्या है का जब वंबरा हक दे खाला जी का कर ला रहे हो इस प्रकार घुलना पड़ता है जैसे एक लड़की की शादी होती है वो प्राय घर में जाती है उस परिवार के किसी आदमी को लड़की जानती तक नहीं लेकिन वह परिवार उस परिवार को लड़की अपना तन मन धन सब सबके मपित कर देती है त्याग कर देती है वह लड़की एक दिन उस त्याग के कारण उस परिवार की दादी बन जाती है इस प्रकार घुलना पड़े है राम कोई ना मिलता इस प्रकार घुलना पड़ता है जैसे दूध में चल पेरा ना पाटे सब कम दौड़ा हो जाए कैसे दूध में तल मिल जा